मीडिया में कुछ चीजें आती हैं अच्छी होती हैं कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि हो सकता है नेगेटिव लगती हो लेकिन उसको हम नेगेटिव प्रपेक्ष में देखते भी नहीं जैसे अक्सर आता है कि बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है मुझे लगता है बुरा नहीं लेकिन अगर शिक्षक भी प्रयास करें कि वह बच्चों के सामने स्वयं झाड़ू लगा करके एक बार वहां पर उस प्रक्रिया के साथ जुड़े तो अपने विद्यालय में हम लगा रहे हैं क्या कल कोई हमारे घम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं पोछा लगाते हैं अपने कपड़े स्वयं धोते हैं तो क्या इसके लिए क्या कोई हमारी निंदा करता है कोई हमारी नेगेटिव उसमें देखेगा हमारी ड्यूटी है अपना कार्य स्वयं करना यह तो स्वावलंबन का लक्षण है आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति अपने स्तर पर जब प्रार, प्रारंभ करेगा तो ही तो से प्राप्त कर पाएगा